क्या क्या आपने कभी देखा है को को देते हुए? निंजा फाइटिंग खेलते वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और जिए कैसा लगा ते समझ तो ये समझ करके हमें बता दीजिए दोस्तों देखिए जरा ध्यान से देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सा, सात सात आधी देकर अब भाइयों आगे देखिए हमारा मिल जाए कोबरा को साहब के कैसे चकमा देखिए देखिए हवा में कैसे देखिए ऐसा कभी नहीं जा रहा है पाप्लू कभी रहता है देखिए देख ऐसा हर हिस्सा में रेड फिर आप लोग अपनी जान ले लेते हैं देखिए देख रात को सा पकड़ तो भी भी चकमा देकर ऐसा कहीं चाहे किसी को नहीं आएगा ये कैसा जंप दे ए देखिए और ये निशाना चुप गया साहब था उसको देखिए देखिए ऐसा शायद आदमी को भी नहीं आएगा ऐसा खेलिए बैट खेलता है में लगपत हो पड़ा है लेकिन मिल जाए चीजों पकड़ में नहीं आता देखिए एक पैसा ये प्लीज सब्सक्राइब माइ यूट्यूब चैनल